energy is uh, the energy basically embedded within the core or within the mantle of the earth. <clears throat> so this kind of energy is totally independent from the solar energy सोलर एनर्जी या कोई भी जो फॉसल फ्यूल्स होते हैं अर्थ की जो सरफेस में उससे totally independent है basically geothermal energy heat हीट होती है इन साइड द कोर एंड मैंटल आपने पढ़ा होगा ट्वेल्थ में कि जो अर्थ की जो लेयर्स है दे आर क्रस्ट देन मेंटल एंड कोर तो जितना हम नीचे जाएंगे उतना टेम्परेचर इंक्रीज <coughs> होता है तो यही एनर्जी को हम डिफरेंट फॉर्म्स में कन्वर्ट करते हैं चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी uh, हो या इन द फॉर्म ऑफ हीट हो या इन द फॉर्म ऑफ मैकेनिकल एनर्जी हो तो ये कैसे हम यूज कर सकते हैं uh, तो वो इस प्रेजेंटेशन में हम डिस्कस करेंगे। जियोथर्मल एनर्जी जैसे मैंने कहा इट इज अचुरल हीट ऑफ अर्थ जो इंटरनल हीट ऑफ अर्थ जो ऑरिजिनेट हुआ था जब प्लैनेट्स uh, ऑरिजिनेट हुए थे फ्रॉम डस्ट एंड गैस जब सोलर सिस्टम बना था उस टाइम जो टेस्ट एंड गैस की वजह से जो कंडेंस हुए थे फोर बिलियन इयर्स है तो उस टाइम जो डिफरेंट काइंड ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स थे तो उसकी वजह से कंप्रेशन की वजह से अर्थ के अंदर जो कोर में है हीट जो है जनरेट होती है उसकी वजह से तो जो ही हम क्रस्ट से नीचे जाएँगे तो जो अर्थ का क्रस्ट जो टम्परेचर है वो जो हमारा डिपेंड करता है कि किस लोकेशन पे हम जो है मेजर करते हैं इक्वेटर इक्वेटर पे मेजर करते हैं या पोल्स में मेजर करते हैं तो वैसे ही टेम्परेचर वेरी करता है बट जो ही हम अर्थ की क्रस्ट से नीचे जाते हैं फ्रॉम द क्रस्ट सरफेस ऑफ द क्रस्ट क्रस्ट का जो टेम्परेचर है वेरी करता है फ्रॉम लोकेशन टू लोकेशन बट जो ही हम क्रस्ट से नीचे जाएंगे ऑन एन एवरेज इन द रेंज ऑफ सेवेंटीन टू थर्टी डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर टेम्परेचर इनक्रीज़ हो सकता है डिपेंड करता है कौन सी लोकेशन है 17 डिग्री से लेके 30 डिग्री तक टम्परीचर इंक्रीज़ हो सकता है जब हम जमीन के नीचे एक किलोमीटर जाएंगे तो जब हम मेंटल जो है तकरीबन 1500 किलोमीटर अगर नीचे जाएंगे तो टम्परेचर तकरीबन साढ़े चार साढ़े छः से लेके कर साढ़े बारह डिग्री सेल्सियस सेल्सियस तक हो सकता है तो इस रेंज में टम्परेचर इंक्रीज़ होता है फिर जो इनर एंड आउटर कोर जो मै uh, जो है कोर होता है अर्थ का तो पूरा जो इनर सॉलिड है आउटर लिक्विड कोर है तो सॉलिड बीच में उसमें जैसे मेटल्स लाइक निकल आयरन तो जो पूरे मैग्नेटिक uh, फील्ड जो क्रिएट करते हैं इन द सॉलिड इनर कोर तो वहाँ पर टेम्परेचर चार हज़ार से लेकर सात हज़ार डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है तो ये डिपेंड करता है किस लोकेशन में हम देख रहे हैं तो हमेशा जब भी आप कोई फिगर मेंशन करोगे एग्ज़ाम में भी तो एग्जैक्ट फिगर मेंशन नहीं करनी चाहिए रेंज करनी चाहिए बिकॉज uh, जो रिसर्च uh, है या डिफरेंट बुक्स ने डिफरेंट फिगर्स मेंशन की होती है अब जो एग्जामिनर होगा वो किस बुक से uh, पढ़ा होगा तो उसके हिसाब से आपको फिर रेंज में लिखना पड़ेगा कोई भी फिगर जैसे सेवनटीन से लेके थर्टी डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर इंक्रीज होता है पर किलोमीटर वैसे ही साढ़े छः सौ साढ़े बारह सौ के आसपास टेम्परेचर होता है इन मेंटल अब ये आ, मेंटल का जो इतना वेरिएशन क्यों है छः सौ डिग्री टेम्परेचर का वेरिएशन बहुत ज़्यादा होता है अभी अपर मेंटल लोअर मेंटल का हम देखेंगे तो उसके हिसाब से इसका जो है टेम्परेचर रेंज देखा जाता है अब जो क्या वजूहत है कि अभी हमने बताया है कि जो डस्ट एंड गैस है अर्थ में तो उसकी वजह से जो उसमें हीट जनरेट होती है बट देर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो इंटरनल हीट है अर्थ की कैसे जनरेट होती है तो पुराने ज़माने में जैसे एस्ट्रॉड्स या मेट्रॉइड्स जो होते हैं वो ट्रैप हुए हैं ऑन द रॉक्स जो प्लानट्स तो उसकी वजह से भी हीट जो है जनरेट हुई है एंड दैन जो हमारे मेटल्स है Like, uh, uh, dense, जिनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है जैसे निकल है आयरन है तो इनकी जो टेंडेंसी रहती है ये कोर की तरह चलते हैं मींस की फ्रॉम अ मैंटल ये ड्रैग होते हैं टूअर्ड्स द कोर जब ये ड्रैग होते हैं तो <clears throat> उस फ्रिक्शन की वजह से जो एनर्जी क्रिएट होती है तो वो एनर्जी uh, कन्वर्ट होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट अब ये इस टर्म को जो इस फिन को आयरन कैटास्ट्रॉफी कहते हैं ये बेसिकली थोड़ेटिकल uh, uh, है ये पूरा प्रूव नहीं हुआ है बट दिस इज काइंड ऑफ जो ये फोर्स जो है कन्वर्ट होता है इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड हीट इज एम्बेड इन द अर्थ एंड बाहर आती है फ्राम वेर इस वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे एंड द थर्ड रीजन इज द कंप्रेशन जो टू द ग्रेविटी जो इनर कोर की जो ग्रेविटेशनल पुल होता है वो जो कंप्रेशन होता है जो दबाव होता है जो प्रेशर होता है वो जब इंक्रीज होता है उसकी वजह से भी हीट जनरेट होती है तो ये मेन तीन रीजंस है उसके अलावा एक रेडियोजेनिक जो हीट क्रिएट होती है रेडियोजेनिक इट अड ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी जब भी uh, जो हमारे हेवी मेटल्स है या रेडियो मेटल्स है फॉर एक्ज़ाम्पल यूरियम है पोटेशियम है रेडियो पोटेशियम एंड थ्योरियम ये अर्थ के जो कोर में मेंटल में पाए जाते हैं और ये जब ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स डिग्रेड होते हैं रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स जो होते हैं रेडिएशंस करते हैं रिलीज़ बाय द डिजनरेशन ऑफ देयर न्यूक्लियस अल्फा बीटा गामा रेडिएशंस वो छोड़ते हैं तो उन रेडिएशंस में जो हीट होती है उस हीट की वजह से भी इंटरनल हीट डेवलप होती है इन द अर्थ तो ये कंसेप्ट नाइनटीन में uh, आया था तो ये चार रीजनस है एक तो प्लेट जो अर्थ्स के सराउंडिंग में ट्रैप हुए थे मेट्रॉयड्स एंड एस्ट्रॉयस उनकी हीट की वजह से दैन आई आयरन कैटास्ट्रॉफ जो कैटास्ट्राफी हुई थी उसकी वजह से एंड दैन कम्प्रेशन टू द ग्रेविटी एंड रेडियोजनिकट जो क्रिएट होती है बाई द रेडियो एक्टिटूप ऑफ यूरानियम पोटेशियम थ्योरियम ये जो अर्थ की क्लस्ट में पाए जाते हैं तो ये चार रीजन्स है क्या वजूहात है अर्थ की जो हीट का तो ये आपको जो है सोर्स ऑफ हीट ऑफ इनर कोर एंड मैंटल ऑफ द अर्थ ये जो यहाँ पे इन वजूहात से होता है देन ये जो हीट कैसे ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ आती है देखिए कोई भी एनर्जी जब हमें मिलती है दैट कम्स बाई द थ्री पाथवेज फर्स्ट इज रेडिएशन रेडिएशन की एग्जाम्पल में देखूंगा कि जैसे हमें सन से एनर्जी मिलती है दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन फोटॉन्स गिरते हैं तो वो उसमें डिफरेंट जो स्पेक्ट्रम हमने डिस्कस किया पिछली क्लासेस में भी सोलर एनर्जी में उसमें स्पेक्ट्रम होता है इन्फ्रा एंड देन विजिबल स्पेक्ट्रम और भी बहुत सारे होते हैं अल्ट्रा रेडिएशन वगैरह तो एक तरीका है कैसे ही ट्रांसफ़र होती है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन सेकेंड इज़ कंडक्शन तो कंडक्शन की एक एग्ज़ाम्पल लोगे कि जैसे एक वायर में जो है इलेक्ट्रिसिटी चलती है दैट इज़ द एग्ज़ाम्पल ऑफ कंडक्शन एक मटेरियल से होके कैसे एनर्जी ट्रांसफ़र होती है तो जो रेडिएशन uh, तो पॉसिबल नहीं है बिकॉज रेडिएशन इट ट्रावल्स थ्रू द वैक्यूम और एयर तो इनर सरफेस ऑफ अर्थ की जो हीट है वो इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन बाहर नहीं आ सकती ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ सो देर आर ऑनली टू Uh, mechanisms there are only two path uh, there are only two principles by which the heat of the internal earth can be uh, internal heat of earth ke bahar aa sakti first is conduction conduction means jab hi hum koi garam uh, surface se dusri surface uh, lagate hain to ek garam surface se cold jo body mein transfer hoti hai usko conduction bolte hai तो जिन्होंने थर्मोडाइनमिक्स पढ़ा होगा तो दे नो देट कि जब हम ए बॉडी ए जो गर्म है बॉडी बी जो ठंडी है तो उनको एक साथ मिलाएंगे तो उनका जो है टेम्परेचर इक्वलाइज हो जाता है ठंडी जो बॉडी है गर्म हो जाती है और गर्म बॉडी ठंडी हो जाती है वैसे ही तो कंडक्शन की वजह से जो लोअर लेयर्स ऑफ अर्थ है वो ही uh, ट्रांसफ़र होती है बाई द रॉक्स जो उन्हें होते हैं दैन जो उसका जो सॉयल वग़ैरह होती है तो वो ट्रांसफ़र होती है टू द क्रस्ट ऑफ़ द अर्थ तो ये एक मैकेनिज्म है दूसरा मैकेनिज्म है कन्वेक्शन कन्वेक्शन में जो ऑलरेडी हॉट मटेरियल होता है जिसकी वजह से इनर सरफेस ऑफ अर्थ जो है हीट uh, अप होती है वो डायरेक्टली बाहर आ जाता है फॉर एग्जांपल वॉल्केकेनोज़ में जब हम लावा बाहर निकलता है दैट इज़ एन एग्जांपल परफेक्ट एग्ज़ाम्पल ऑफ कन्वेक्शनल हीट तो बाहर आती है तो जैसे uh, हम uh, पानी को बॉयल करते हैं तो स्टार्टिंग में Uh, जो है uh, जो हमारा सोर्स ऑफ हीट होगा चाहे गैस हो जाए हीटर हो, हो तो वो जो पहले स्टार्टिंग में कंडक्शन होती है जो हीट uh, जो है ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू अनदर मॉलिक्यूल टू अनदर मॉलिक्यूल बट लेटर ऑन जब वाटर बॉयल होने लगता है तो जो नीचे वाले मॉलिक्यूल्स होंगे वो ऊपर आते हैं मीन्स इसमें लिक्विड फ्लो हो जाता है जो हॉट जिसमें एनर्जी होती है लिक्विड में वो फ्लो होता है बट कंडक्शन में ऐसा नहीं होता है कंडक्शन में खाली हीट ट्रांसफर होती है मास ट्रांसफर नहीं होता है तो ये दो पाथवेज है कैसे अर्थ की जो इंटरनल एनर्जी है जियोथर्मल एनर्जी है वो बाहर आ सकती है और द सर्फेस ऑफ अर्थ तो ये जब बाहर आती है अर्थ की सरफेस तो इसको हम जो है वेरियस मैकेजम्स से कन्वर्ट कर सकते हैं इन अदर फॉर्म्स ऑफ Energy like electricity. तो ये हीट है इससे हम पानी को जो बॉयल कर सकते हैं उससे स्टीम प्रोड्यूस कर सकते हैं एंड देन स्टीम कैन बी यूज टू टू बी यूज कन्वर्ट इन टू द मैकेल एनर्जी इन द turbine. और टर्बाइन से जो मैकेनिकल एनर्जी है वो कन्वर्ट कर सकते हैं इन टू द इलेक्ट्रिसिटी तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल है पिक्चर में ये फॉर एग्जाम्पल मैगमा है हीट सोर्स तो यहाँ पे वाटर uh, फ्लो है जैसे वाटर टेबल है कोई भी चीज़ है जो इसकी कंटेक्ट में आता है या बीच में यहाँ पे इम्पेरेबल बेड रॉक्स हो सकते हैं तो उससे जो है हीट कंडक्ट होती है टुवर्ड्स टूवर्ड्स दिस आ, आ, वाटर फ्लो जो अंडरग्राउंड वाटर में है तो ऊपर भी उसके ऊपर भी इम्परनेबल लेयर होती है रॉक्स की तो ये जो वाटर हीट अप होता है इसको हम ऊपर ले जाते हैं यहाँ पे तो इसको वेरियस मैकेनिज्म से हम कन्वर्ट कर सकते हैं या तो डायरेक्टली हम हीट को जो है कन्वर्ट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टीम एंड देन या तो ये हॉट वाटर को ऊपर ले सकते हैं या स्टीम डिफरेंट मेकनिज़म्स हैं वो आगे जाके हम डिस्कस करेंगे किस तरीके से हम जियोथर्मल एनर्जी को जो है यूटिलाइज कर सकते हैं तो बेसिक यही है कि ये हीट हम बाहर कैसे लाते हैं ठीक है तो अब ये तो आपको आपको समझ आया कि जो थर्मल एनर्जी क्या होता है बट इसके हिस्टोरिकल प्रस्पेक्ट है कि कैसे एनशियट uh, ज़माने में इसको यूज़ किया जाता था आज के ज़माने में तो हम इलेक्ट्रिसिटी एंड अदर एप्लीकेशंस भी है इसकी डिस्कस दैट दोशन बट थाउजेंस जो सिविलाइजेशन हुआ करती थी चाहे वो uh, uh, रोमन सिविलाइजेशन है या कोई और भी सिविलाइजेशन है तो वो यूज़ करते थे हॉट वाटर स्प्रिंग्स फॉर बेथिंग क्लीनिंग या वो एंशल रोम में वो डायरेक्टली जो है पाइप uh, यूज़ करते थे फॉर वार्मिंग अप द जो फ्लोर्स वग़ैरह जो आजकल हमाम का सिस्टम है कैसे हम फ्लोर को वार्म अप करते तो उस टाइम जमाने में हॉट स्प्रिंग्स को यूज़ करते थे तो इलेक्ट्रिसिटी तो का कंसेप्ट नहीं था वहाँ पर उस तो इटली में जो जगह है लॉर्ड लोलो लो, लो, ये एक फर्स्ट जो जगह है इटली में ट्वेंटी एथ सेंचुरी में जहाँ से जियोथर्मल एनर्जी को कन्वर्ट किया गया था इनटू टू द इलेक्ट्रिसिटी तो इसमें फर्स्ट प्रोटोटाइप बनाया था प्रिंस जियो नोरी ने 1905 में एक प्रोटोटाइप बनाया था फिर कमर्शियली जो अप्लाई हुआ था 1930 में जिससे उन्होंने 250 किलोवाट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस की थी तो यहाँ पे एग्जाम्पल है प्रोटोटाइप है प्रोटोटाइप एक छोटा सा मॉडल होता है एक कमर्शियल लेवल पे जो इम्प्लीमेंट करने से पहले वो किन हालात में काम करेगा एक्सपेरमेंटल कंडीशनस में तो 1905 में उसने बनाया था 1913 में उसको कमीशन किया गया था कमर्शियली उसको एक यूनिट बनाया गया था तो देन अनदर okay. uh, uh, जो एक आइसलैंड जो द स्मोकी बे नाम की एक जगह है तो वहाँ पे भी एक केस स्टडी है कैसे उन्होंने फ्रॉम नाइन सेवेंटीन से लेके आज के ज़माने तक उन ग्रेजुअली उनकी टेक्नोलॉजिकल ट्रेंड कैसे चेंज हो गई 19 1755 में जो है ड्रिल करते थे हॉट वेल्स वगैरह जो भी बेथी क्लीनिंग के लिए यूज़ करते थे और ग्रेजुअली वो स्टार्ट किए अपना जो है इलेक्ट्रिसिटी में उसको जो है कन्वर्ट करने में तो आइसलैंड जो है कंट्री में 24% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कम्स फ्रॉम द जियो थर्मल सोर्सेज तो आइसलैंड जो है बेसिकली ये उन्हीं जगह ज़्यादा जियो एनर्जी पाई जाती है जहाँ पे टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में क्योंकि वहाँ पे फ्रेक्चर होता है तो वहाँ पर हीट डायरेक्टली बाहर निकलती है तो आइस इज़ अ वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर For using the geothermal energy. So, कोई भी आपको कहेगा, which country is the highest producing geothermal energy? That is Iceland. और भी बहुत सारी countries हैं, जैसे USA. तो अब इसके क्या uses हैं? Present uses. Present contemporary world में इसे क्या use है? For example, इसके domestic uses हैं. Space heating and cooling के लिए use होता है. Water heating के लिए use होता है. Aquaculture, जैसे fresh, uh, fresh shrimp, alligators. ड्राइंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फिर इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए भी होता है फॉर डाइंग क्लोथ्स वॉशिंग वो पाइपिंग अंडर साइड वॉक्स मतलब जो फ्रीज uh, वगैरह होता है विंटर्स में उसको ठीक करना एंड ओवरऑल uh, सबसे बड़ी अप्लीकेशन आज के ज़माने में दैट इज़ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन फ्राम द ये uh, तो थोड़ा सा इसका था बैकग्राउंड व्हाट इज़ जियोथर्मल एनर्जी एंड हिस्टोरिकल बैकग्राउंड नाउ इट्स इज अ टेक्निकल पार्ट कैसे हम ये हीट एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इनटू द इलेक्ट्रिसिटी तो फर्स्टली uh, जो है हीट हम ड्रा करते हैं फ्रॉम द डेप्थ ऑफ जो अर्थ है या तो पैसिवली करेंगे या एक्टिवली करेंगे डिपेंडिंग अपॉन द मोमेंट ऑफ हॉट वाटर कैसे करेंगे फिर uh, उस हीट से uh, जो है वाटर को बॉयल करते हैं देन स्टील इज प्रोड्यूस्ड और स्टीम को जो है देन दैट इज यूज्ड फॉर रनिंग द दर्पाइन सेम कंसेप्ट इन जैसे इन हम थर्मल पावर प्लांट्स में करते हैं तो यहाँ पे डिफरेंस एक ही है कि हीट सोर्स क्या है व्हाट इज द हीट सोर्स फॉर जनरेटिंग द स्टीम तो जियोथर्मल एनर्जी में हीट सोर्स है द इंटरनल हीट ऑफ द अर्थ एंड इन थर्मल पावर प्लाट्स द हीट सोर्स इज कोल और अदर फॉसल फ्यूल्स एंड नेचुरल गैसेस तो वहाँ पर वो करते हैं फिर जो स्टीम कन्वर्ट uh, होती है इन टू द मेकेनिकल एनर्जी टर्बाइन में जब रन होता है दैन मैकेनिकल एनर्जी किट्स कन्वर्ट टू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो जनरेटर्स होते हैं तो इसके बहुत सारे आ, तीन तरीके हैं कैसे हम आ, जो है इस हीट को कन्वर्ट कर सकते हैं इंटू तो द इलेक्ट्रिसिटी फर्स्ट इज़ प्रमिटिव काइंड ऑफ जो, kind of, जो आ, थर्मल पावर ये जो जियोथर्मल पावर प्लांट्स आ, होते थे वो ड्राई स्टीम पावर प्लाट्स बोलते हैं बेसिकली इसमें जो हीट होती है अर्थ की जो स्टीम जो प्रेशर होता है बहुत ही ज्यादा होता है फ्राम द सन बिकॉज पिछले वाली पिक्चर में हमने देखा कि मैगमा के ऊपर जो इंपेरेबल रॉक लेयर होती है उस पर वाटर होता है तो वाटर बॉयल होता है इनसाइड द अर्थ तो उस boiling water जो steam produce होती है उस steam को हम directly बाहर निकालते हैं जो हम pipes drill करते हैं नीचे तक डिपेंड नहीं कर पाऊ डेप्थ कितनी होगी उसको सर्वे वगैरह किया जाता है देन जो स्टीम को डायरेक्टली हम निकालते हैं तो स्टीम को हम जब डायरेक्टली अंडर हाई प्रेशर उसका प्रेशर ऑलरेडी ज़्यादा होता है तो उस स्टीम को डायरेक्ट जब निकालते हैं और यहाँ पे जो टर्बाइंस होते हैं यहाँ पे चार टर्बाइन टर्बाइंस पे हम उसको प्रेशर जो है उसको डायरेक्टली छोड़ते हैं स्टीम को टर्बाइनस रन करते हैं और टर्बाइंस जो है यहाँ पे शाफ्ट्स लगे होते हैं जो फिर जनरेटर होता है यहाँ पे तो फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है तो यहाँ पे क्या करते हैं हम ये एक स्टीम तो यहाँ पे लाते हैं और फिर स्टीम को कंडेंस करके इन कोल्ड वाटर फिर फिर से दूसरे वेल से इसको नीचे छोड़ते हैं बोर वेल से मींस ये क्लोज लूप है तो यहाँ पे कोई भी अगर बाहर अंदर से जो जो भी स्टीम निकलती है वो ज़ाया नहीं होती है तो उसको फिर से वापस इंजेक्ट करते हैं तो यहाँ पे जो स्टीम के साथ कुछ हार्मफुल गैसेस भी होते हैं जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड कार्बन डाइऑक्साइड मीथेन वगैरह होते हैं तो वो अदर उसके इंपैक्ट्स होते हैं जैसे मीथेन अगर होगा कार्बन डाइऑक्साइड होगा तो उससे जो है ग्लोबल वार्मिंग जो है हो सकती है तो वो भी विद इन जो है सिस्टम रहते हैं बाहर नहीं आते एटमोस्फेयर में अदर गैसेज हाइड्रोजन सल्फाइड होता है दे काज कोरोजन तो यहाँ पे वो सब की प्रॉब्लम होती है क्रोजन होता है जो रस्टिंग वगैरह होती है तो वो एक प्रॉब्लम है इस सिस्टम में कि ऐसे जो उसको रेगुलरली मेंटेन करना पड़ता है तो ये ओल्डेस्ट टाइप ऑफ थर्मल पावर प्लांट है तो ये जो हमने इससे पहले डिस्कस किया था लार दलो में जो इटली में हुआ था नाइनटीन ने उन्होंने कमीशन किया तो ये इसी तरीके पे बना था वो प्रोटोटाइप जो हंड्रेड 1930 में 13 में वो कमीशन किया गया था तो इसमें एक्सेस स्टीम जो है बाहर निकलती है देन माइनर अमाउंट्स ऑफ गैसेज जो मैंने हाइड्रोजन सल्फाइड कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह की बात कही थी देन सेकंड टाइप इज फ्लैश स्टीम पावर प्लांट्स तो दिस इज बेसिकली इट वर्कस वन द टेम्परेचर इज़ अराउंड वन डिग्री सेल्सियस टू मेक दिलेक्ट्रिसिटी तो प्रिंसिपल तो सेम है कैसे स्टीम को हम जो है प्रेशर से हाई प्रेशर में डालेंगे टर्बाइल्स इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर बट यहाँ पे कुछ मॉडिफिकेशंस होती हैं तो जो यहाँ से हम स्टीम लाते हैं नीचे से उसको पहले एक सेपरेटर में रखते हैं इस सेपरेटर का जो है बेसिकली प्रेशर बहुत ही कम होता है जिसकी वजह से जो बॉइलिंग वाटर होता है हॉट वाटर होता है वो मैक्सिम अमाउंट में कन्वर्ट होता है इन द स्टीम फिर उस स्टीम को हाई प्रेशर में जो है हम आ, उसका जो प्रेशर इंक्रीज होता है तो उसको उससे टर्बाइन रन करते हैं दैन उस स्टीम को फिर से कंडेंस करते हैं इन कोल्ड वाटर अलॉन्ग विद दिस वाटर जो यहाँ से हम निकालते हैं तो अनलाइक जो ड्राई आ, स, आ, स्टीम पावर प्लांट्स है वहाँ पर तो हम खाली जो है स्टीम को यहाँ पर डालते थे कोई भी यहाँ पर बीच में कोई अपराइटस नहीं था बट यहाँ पर एक अपराइटस है जो, जो लो वैक्यूम या लो वैक्यूम ज़्यादा या वैक्यूम होगा या लो प्रेशर होगा जिसकी वजह से जो हॉट वाटर स्टीम में कन्वर्ट होता है मैक्सिमम अमाउंट तो यहाँ पे बेसिकली uh, टम्परेचर कम होता है इस लोकेशन में एज़ कम्पेयर टू ड्राई स्टीम पावर प्लांट्स तकरीबन 182 डिग्री सेल्सियस तो यहाँ पे uh, नीचे से पाइप से पानी भी आता है और स्टीम भी आती इन मिक्सड तो यहाँ पर खाली स्टीम आती है ये तो इसमें डिफ्रेंस है तो यहाँ पे पानी के साथ स्टीम भी आती है और स्टीम तो हम गैसेस फॉर्म में निकालते हैं बट जो एक्सेस वाटर है उसको भी थोड़ा सा स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए लो प्रेशर में रखते हैं फिर वहाँ से टर्बाइन टर्बाइन से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है एंड देन स्टीम जो होती है फिर से उसको कंडेंस करते हैं एंड देन कंडेंसड तो यहाँ पे हम एक और अपराटस लगा सकते हैं ये जो एक्सेस वाटर है एक और लो प्रेशर टैंक लगा सकते हैं उससे भी जो है स्टीम कन्वर्ट हो सकती है डिपेंड करता है कि टम्परेचर कितना है एक रुकाड है या दो रुकायर्ड है तो उसको फिर से हम इंजेक्ट करते हैं एंड द वैल तो ये भी एक काइंड ऑफ क्लोज काइंड ऑफ जो अपराटस है तो इसमें जो है सनफ्लूड से रैपिडली वेपराइज हो जाता है जैसे वाटर तो इसमें भी जो प्रॉब्लम्स, जो प्रॉब्लम्स कुछ माइनर गैसेस की बताई बट इसमें एक्सेस स्टीम प्रोड्यूस नहीं होती है। तो एक्सेस स्टीम प्रोड्यूस करने के लिए हमें ये लगाना पड़ता है लो प्रेशर टैंक लगानी पड़ती है तो ये था फ्लैश स्टीम पावर प्लान्ट थर्ड वन एंड लास्ट वन इज़ बायसाइकल पावर प्लान्ट इसमें क्या होता है इसमें टेम्परेचर अराउंड uh, 400 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है लेस uh, देन uh, 182 बेसिकली तो इसमें बेसिकली uh, हम पंप करते हैं वाटर तो uh, जो नीचे से गर्म पानी होता है उसको पंप करते हैं फिर एक हीट एक्सचेंजर में होता है हीट एक्सचेंजर में कुछ काइंड्स ऑफ फ्लूड्स होते हैं जो जल्दी हीटअप होते हैं तो यहाँ से जो गर्म पानी होता है ये पाइप uh, से जो इसमें फ्लूड होता है वो गरम करता है इस पाइप में जो पानी होता है ये डायरेक्टली कंटेक्ट में नहीं होता है इनडायरेक्टली होता है मींस द हीट इज़ ट्रांसफर्ड बाय द कंडक्शन दिस वन तो फिर ये जो फिर कंडेंस होकर कूल होके फिर से इसको वापस इंजेक्ट करते हैं बट जो हीट एक्सचेंज होती है बाय द कंडक्शन उसको हम यूज़ करते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन जो बॉयलिंग के लिए यूज़ करते हैं ये वाली हीट बट यहाँ पे एक ही जो है बेनिफिट है एक तो यहाँ पे जो गैसेस वगैरह जो है लीक जो प्रॉब्लम करते जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड उसकी वजह से यहाँ पे कोरोजन नहीं होता है तो यहाँ पे मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ही कम है तो ये था डिपेंडिंग अपॉन देश अगर ज्यादा टेम्परेचर वी गो फॉर द्राई स्ट्रीम पावर प्लांट उससे कम है अराउंडी टू डिग्री गो फॉर द्लैश पावर प्लांट्स एंड उससे भी कम अगर है बाइन रिसाइकल पावर प्लांट्स अब इसके क्या एडवांटेजेस है वॉट आर द एडवेंटेजिज़स ऑफ जियो जो पावर प्लांट्स है उसकी क्या एडवांटेज फर्स्ट एडवेंटेज देर इज इट क्लीन नो इमेशन इमेशंस है थोड़ी सी बट जो हमें सिस्टम बनाया क्लोज साइकिल जितने भी गैस निकलते हैं उसको फिर से हम वापस इंजेक्ट करते हैं इन सिस्टम, तो टेक्निकली थोरेटिकली देर आर नो इमेशंस इट इज़ रिलायबल रिलाएबल मीन्स कि सोर्स ऑफ जो एनर्जी है वो कंटिन्यूस है इस आप रिलाई कर सकते हैं अगर जितना आप ज़्यादा इसमें इन्वेस्ट करोगे तो उतना आप ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हो दैन इट इज सस्टेनेबल वॉट कैन बी रिसाइकल्ड बैट इज सस्टेनेबल इसमें कोई वेस्टेज नहीं होता है वॉटर का री यूज़ कर सकते हैं no fuel mixture is required to create. कोई भी अदर जो है फॉसल फ्यूल्स हमें रिकायर नहीं यहाँ पे for electricity generation. Land conservation इसमें इसमें कोई भी as a major transformation नहीं करनी पड़ती है land को तो ये integrate कर सकते हैं with other source of energy. then it is uh, flexible and modular geothermal energy can be अंदर मॉड्यूलर डिज़ाइन बेसिकली मतलब uh, जो किसी भी uh, जगह जो electricity demand है उसकी हिसाब से हम इसको लगा सकते हैं ये नहीं है कि एक बड़ा power plant लगाना है then we have to go for the large area but इसको हम capacity और demand के साथ जो है उसके हिसाब से हम install कर सकते हैं अब इसके डायरेक्ट यूज़ क्या क्या है फर्स्ट इज़ ग्रीन हाउस एंड एक्वाकल्चर जो हमने इसका कहा ग्रीन हाउसेज में बेसिकली हमें टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए एक्वाकल्चर कल्चर कुछ जो कोल्ड uh, एरियाज़ में जहाँ पे टम्परेचर कम है वहाँ पे एक्वाकल्चर के लिए जा सकते हैं तो ये जो हीट हम यूज़ करते हैं तो उसमें ग्रीन हाउस गैसेज में जो हीट के लिए uh, या अदर सोर्स ऑफ जो एनर्जी चाहिए तो वो यहाँ से हम मीटअप कर सकते हैं तरीब 80% ऑफ़ द फ्यूल्स हम कट कर सकते हैं एंड अबाउट 5 टू 8% ऑफ द ऑपरेटिंग कॉस्ट उसके अलावा इसकी एप्लीकेशन इंडस्ट्रीज में भी है फूड डिहाइड्रेशन जो फूड को ड्राई करने में लॉन्ड्रीज़ वग़ैरह देन गोल्ड माइंस में मिल्क पॉस्चुराइजेशन एंड स्पाज वग़ैरह में जो ट्रेडिशनली यूज़ होते थे फॉर बेथिंग वगैरह स्पाज वगैरह तो मिलिक को पॉस्चुराइज करने में तो ये इंडस्ट्रियल यूज भी है इसके बिसाइड्स द यूज इन जनरेशन ऑफ़ द इलेक्ट्रिसिटी अब इसके एन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स क्या है तो एन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स को हमने भी थोड़ा सा डिस्कस किया ये है ये मोर सस्टेनेबल फ्लैक्सीबल है बट इसके कुछ डिसएडवाटेज़ भी है कुछ इमिशन होती है हो सकता है कार्बन डाइऑक्साइड नीथेन हाइड्रोजन सल्फाइड लीक हो जाएगा एटमोसफेयर में दैन ईट कैन कॉज वेरियस प्रॉब्लम दैन कुछ टॉक्जिक कम्पाउंडस भी निकलते हैं कुछ कुछ जगह जो है टॉक्जिक गैसेज भी होते हैं इनसाइड द अर्थ जब वो कंटैक्ट आते हैं इन द एटमोसफियर देंज दियर प्रॉपर्टीज केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑक्सीडेशन स्टेट्स चेंज होती है तो लैंड इंस्टेबिलिटी भी हो सकती है बिकॉज वी हैव टू ड्रिल इनसाइड द कोर ऑफ याटल में हमें ड्रिल करना पड़ता है वहाँ पर कुछ इंस्टेबिलिटी हो सकती है Uh, जो सेमिक जोनस हायरली से वहाँ पर इसकी अपलिकेशन ना हो बिकॉज तो उसकी वजह से वो जो पाइप जो है ड्रिलिंग पाइप्स है वो डिस्ट्रॉय हो सकती है एंड देन uh, इसके जो एटमोसफेयरिक पोल्यूटेंट्स होते हैं जैसे मैंने अभी कहा कुछ uh, जैसे कार्बन डाईक्साइड मीथिन अमोनिया हाइड्रोजन सल्फाइड जो स्टीन के साथ निकल सकते हैं नीचे से वो एक एटमोसफेयरिक uh, पोल्यूशन जो है कंट्रीब्यूट कर सकता है बिसाइड्स जो कुछ कुछ और मरक्री वेपर्स निकल सकते हैं बेंजीन जो है वो निकल सकता है तो इसके कुछ इंपैक्ट्स अदर भी है जैसे क्लाइमेट चेंज दे कैन बी रिलेटेड विद द कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन एसिड रेन इट कैन बी रिलेटेड विद द हाइड्रोजन सल्फाइड एंड हेल्थ रिस्क जो मर्क्री वेपर्स वगैरह निकलते हैं या बंजीन निकलता है इसको हेल्थ के साथ भी uh, जो है रिलेट कर सकते हैं बिसाइड्स इट कैन ऑल्सो बी ए माइनर सोर्स ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज जो हमने भी डिस्कस किया अब उसके अलावा भी कुछ टॉक्सिक इमिशंस निकलते हैं जैसे जियो थर्म कुछ कुछ जियो थर्मल में बोरान आर्सनिक मर्क्री एंटमोनियम सॉल्स वगैरह निकलते हैं वंस द एक्सट्रैक्शन द कोल्ड वाटर कैन बिकॉज अ ट्रेस टॉक्सिक जो सॉल्यूशंस उसमें भी आ सकते हैं तो उसका जो सोल्यूशन वही है क्लोज लूट जो हम बनाते हैं उसको जो है वापस इंजेक्ट करते हैं तो उससे जो है ये मिनिमाइज कर सकते हैं इमिशन ऑफ टॉक्सिक टॉक्सिकमिकल्स अब वर्ल्ड में इसका क्या सिनेरियो है कैसे क्या यूज़ होता है जो अब तक़रीबन ट्वेंटी कंट्रीज़ है ओवर द वर्ल्ड कि जिसमें जियो एनर्जी जनरेट की जाती है एंड दन यूएसए इज़ वन ऑफ़ द लार्जेस्ट बिकॉज उसका एरिया बहुत बड़ा है तो यहाँ पर वहाँ पर भी एनर्जी ज़्यादा जनरेट होती है तो मैंने इसे कहा था पहले अब आइसलैंड के आसपास ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है बेसिकली जहाँ पे जो टेक्टोनिक प्लेट्स जो होते हैं मैच करते हैं तो वहाँ पे ज़्यादा एनर्जी निकलती है ये जो एरिया है इसको रिंग ऑफ फायर बोलते हैं तो ये जो पैसिफिक ओशन में है तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा एक्टिव वॉलोज होते हैं तो ये इसको ऑफ फायर कहते हैं पैसेफिकोशन में तो यहाँ पर भी इसका अच्छा खासा पोटेंशल है तो एस्टिमेट किया गया है कि जियोथर्मल का जो पोटेंशियल है इट्स अप अपू 70 टू 80 गीगा ऑफ एनर्जी तो बट uh, कुछ रिजर्वास को एक्सप्लॉयड किया गया है तकरीबन 30 13 गीगा को जो है मतलब आइडेंटिफाई किया गया एक्सप्लॉय किया गया ये तो एक ग्लोबल सिनेरियो है बट इन इंडियन कंडीशनस जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ़ इंडिया इन्होंने तीन सौ एनर्जी लोकेशन आइडेंटिफाई की है इंडिया में तो इसमें प्युगा वैली जो है लद्दाख में इट हॉज़ इट वॉज़ वन ऑफ द फर्स्ट लोकेशन जिसमें जोथरवन एनर्जी जो आइडेंटिफाई की गई थी इंडिया में तो तकरीबन इंडिया का जो पोटेंशियल है इट इज़ा अबाउट टेन थाउजेंड मेगावाट्स ऑफ एनर्जी जिसमें हमालियाज में सोहाना जो ये वाला एरिया है वेस्ट कोस्ट ये वाला एंड कैम्बे यहाँ पे And सन uh, नर्मदातापी uh, जो ये वाला एरिया है एंड देन गोदावरी एंड महानदी एरियाज़ में जो ये जो जनरेशन ऑफ जियोथर्मल एनर्जी कर सकते हैं बट अभी हो रहा है ये जो यहाँ पर लिखा आ रहा है कितना पोटेंशल है टेन थाउजेंड मेगावाट्स तो एनर्जी यहाँ पर तकरीबा तीन सौ पचास जियोथर्मल लोकेशन आइडेंटिफाई की गई है इंडिया में बाई जियलॉजिकल सर्वे ऑफ